पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को 18 साल लग गए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ गुरुवार को सतना पहुंचे जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और कहा की शिवराज को यह समझने में अठारह साल लग गए की प्रदेश मुँह चलाने ऐसी नहीं चलता आज सुने कि भाषण से निवेश नहीं 18 18 साल साल बाद उस, उनको ये बाद उनको बात बात सूझी। की हेडलाइन न्यूज़ है, साल बाद को बाद चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत है। हर विषय पर कमलनाथ ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर कहाषणों से नहीं आएगा उसके लिए उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाना पड़ेगा उद्योग विश्वास से आते हैं भाषाओं से नहीं है आपका क्या देखिए कोई भी आयोजन हो जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इन्वेस्टर्स मीट का भी स्वागत करता हूं और मैं इन्वेस्टर्स से ये निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश जो पांच प्रदेशों से घिरा हुआ है आज जो अपना सामान बेचते हैं दक्षिण में जो तमिलनाडु या केरल में अपना सामान भेजते हैं ये उत्तर भारत में निवेश में जाएंगे जा पीसीसी चीफ ने कहा की मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों की अपेक्षा निवेश कम आया निवेश की डिमांड नहीं की जाती उसके लिए ड्राइव की जाती है उन्होंने भाजपा नेताओं की अश्लील सी को लेकर कहा सी डी तो है लेकिन हम नहीं चाहते की एम पी बदनाम हो इसलिए उसे फ्लोर आरोप लाने की बजाय जाँच के लिए हमने कहा है 6500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए 2013 से लेके 2018 में टोटल एफडीआई जो विदेशी निवेश है जो देश में आया वो तेईस लाख करोड़ था मध्य प्रदेश में कितना आया 0.3 परसेंट पॉइंट थ्री परसेंट मध्य प्रदेश में आया इसका मतलब 30 पैसे 100 करोड़ में से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आया 2020 और 2022 टोटल विदेशी निवेश जो आया अट्ठारह लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को कितना मिला पॉइंट परसेंट और पंद्रह पोजीशन में था ये तो मैं बात कर रहा हूँ और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई गई इस मैंने कोई समिट नहीं किया मैंने कोई समिट नहीं किया मैंने इंदौर में सम्मेलन किया सबको कि मध्य प्रदेश को का एक नया रूप इंट्रोड्यूस करें लोगों को विश्वास होना यह ताजुब की बात आपको नहीं लगती कि जो दक्षिण में जिसको बेचना है गिरे हुए अपने नहीं अपने ना ए, क्यों नहीं आया मैं जानता हूं मैं मुख्यमंत्री था मैं सबसे बात करता था मैं उस पर जाना नहीं चाहता पर सबसे बड़ी चीज है जब तक आपकी पहचान एक विश्वास की एक फेथ की इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ इन्वेस्टमेंट को आप डिमांड नहीं कर सकते आपको इन्वेस्टमेंट ड्राइव करना पड़ता है तो समिट हुए प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से होए, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होए, मध्य प्रदेश की पहचान नीतियों के अक्रियान्वयन से हो उद्योग औद्योगिक नीति बना, बना लेना बहुत आसान है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लेना बहुत आसान है पर उसका क्रियान्वयन तो हो उसका एग्जीक्यूशन तो हो अगर सब आते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा था लगे बहुत अच्छी पॉलिसी है पचास की, पर उसके बाद समाप्त ये ये कारण है मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन और मैं नहीं चाहता था ये बात भी मैं स्पष्ट कर लू मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो। तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी इस करिए आप चेक करिए ये जेनुइन है कि ये फर्जी है और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे 15 साल पुरानी थी 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी तो इसकी जाँच चल रही वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें